ए आ गए लुका हो आ रनी आ रुका तो ये लुका ये गोंड टोली नू हो और इस रफ़ चार सज्जन सा हो अच्छा इतना ही मत ना बोचू ओ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तब वोनिया पलोम हट सुरु देखली नहीं रहब जे तू दूर दूर रहब ले पे के व्यायाम तनी देके देहु नोट जो सौ की पलोट तो जो गुण जी के घोट जो हाय दिया बाकी बड़ी दहम तनी तो देहिया में शॉट जो पलट जो गुंड जी के घोट जो बाकी बोरी तो जो। रे गांव रांगादास आज न उतार दीहि तो हरु बुखा चुबा ले के चोडा लेह सास ना होई लठिया के होरा बरा दास ना होई सौखी पलट जो गुंड जी के घोट जो हाय रे हां बाटी गोड़ी दहम तनी देहिं हम सट जो हो लौट जो जी के घोट जो हाय गुंडे घंटो दम तनु दे तो में सट जो जरख दोना मोन सबों दिलवाई दे हफ़्फ़ा बुज़ों बापू मन बापू हटा लग जबूदबू हो नहीं बापू चाहता लगबू जो की पलोट जो गुंडजी के घोट जो हाय दया बाकी बोरी दोहमतों नी दुनिया में साँट जो जो की फलोट जो जी के घोट जो हाय दया गोड देके देहिया में सट जो